शाम तू चोक सागरा तुझे किसी का सर भला जन्म जन्म जन्म साथ चलना कसम कसम एक है भले दो मेरी हो के हमेशा ही रहना रहने इतना टूट के प्यार किया हो उसे बुलाना आसान नहीं होता बुला पाते हैं क्या हम कभी या झूठ कह देते हैं खुद से कि बुला दिया है है, मेरे बेन प्यासी गिर है I see something.